हरियाणा विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की इससे पहले विधानसभा परिसर में मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति की सभापति श्रीमती गायत्री राजे पवार ने संबोधित करते हुए समिति की प्रक्रिया और कार्य प्रणाली आरोप प्रकाश डाला विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने हरियाणा विधानसभा की प्रायुक्त विधान समिति के सदस्यों को मध्य प्रदेश विधानसभा की गौरवशाली इतिहास और विधानसभा में नवगठित समितियों तथा सदस्यों के अधिकारों संसदीय प्रणाली और आईटी के क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में बताया गौतम ने यह भी बताया कि हमारी विधानसभा में पूरी तरह से प्रश्न और ध्यान का ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं और ई विधान के क्षेत्र में भी जल्द ही कार्रवाई की जा रही है मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दल ई विधान वाले प्रदेशों का शीघ्र अध्ययन करने जा रहा है मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा की उक्त समितियों ने परस्पर विचार विमर्श कर जानकारियों का आदान प्रदान किया मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव शिशिरकांत चौबे ने प्रायुक्त विधान समिति की कार्य पद्धति की जानकारी ली हरियाणा विधानसभा के प्रायुक्त विधान समिति के सभापति रामनिवास निवास सुरजा खेड़ा ने भी समिति की कार्य से अवगत कराया इस दौरान सभापति गायत्री राजे पवार ने समिति को मध्य प्रदेश विधानसभा की ओर से प्रकाशन और साहित्य भेंट किए संयुक्त बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा की प्रायुक्त विधान समिति के सदस्यगण केपी त्रिपाठी और दिलीप मकवाना सहित दोनों समितियों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहे